तरह का पंछी मेरे जिंदगी तेरे गुलाम क्यों हाथ से पिसले टूटी के टूटे हा मेरे जिंदगी तेरे गुलाम क्यों रेत की तरह कांच का पंची तेरे जिंदगी तेरे गुलाम क्यों हाथ से पिसले टूट की टूट और मेरे जिंदगी तेरे गुलाम क्यों इसको बता दे तू नहीं है तू नहीं थी रे याद ना मेरे दो तेरे याद में टूट न जाव हारूठ ना पावे तेरे दूसरे